हाय गाइज मेरा नाम है प्रतीक और आपका स्वागत है सी आर में आज हम सॉल्व करेंगे जावा का अगला चैलेंज जो कि है यू आर गिवन अ क्लास सोल्यूशन विथ मैन मेथड कंप्लीट द गिवन कोर्स सो दैट इज आउटपुट द एरिया ऑफ पैरलोग्राम विद ब्रेड बी एंड हाइट एच यू शुड रीड द वेरिएबल्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट इफ बी इज लेस देन और इक्वल टू जीरो और द एच इज लेस देन और इक्वल टू जीरो द आउटपुट शुड बी जावा ब्रेड एंड हाइट मस्ट बी पॉजिटिव विदाउट कोट्स मतलब हमें प्रिंट करना है एक पैरोलोग्राम का एरिया अगर दी गई ब्रेड और हाइट पॉजिटिव हो अगर ब्रेड और हाइट निगेटिव होगी दोनों में से एक निगेटिव होगा तो हमें प्रिंट करना है जावा डॉट लैंग डॉट एक्सेप्शन ब्रेड एंड हाइट मस्ट बी पॉजिटिव तो हमारा इनपुट फॉर्मेट है पहली जो कि है ब्रेड और दूसरी लाइन कटिंग करेगी एच मतलब जो कि है हाइट आउटपुट फॉर्मेट है अगर दोनों पॉजिटिव है तो हमारा आएगा एरिया अगर दोनों में से एक निगेटिव है तो प्रिंट करेंगे Java.lang.Exception breadth and height must be positive हाइट मजबी विदाउट कोट्स बिना कोड्स हमें प्रिंट करना है तो सैम्पल इनपुट है वन थ्री मतलब ब्रेड वन और हाइट थ्री और यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है इसलिए सैंपल आउटपुट आएगा 3। सैम्पल इनपुट 2 है -1 मतलब ब्रिड है -1 और हाइट है 2। इसमें ब्रिड नेगेटिव है तो यहाँ पर आउटपुट आएगा जावा डॉट नाइन डॉट वाला तो चलिए इसके सोल्यूशन के लिए हम चलते हैं जल्दी पे वहाँ हम करेंगे सॉल्व एज यूजल हमें सबसे पहले स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा वो हम बनाएंगे झटक से बेस्ट तो so, पहले तो हमें ब्रेड लेनी है इनपुट वो इंटीजर है दोनों ब्रेड और हाइट दोनों इंटीजर है इसलिए इंड ब्रेड बी इज इक्वल टू सी डॉट नेक्स्ट इंड सॉरी नेक्स्ट इंट और हाइट सिमिलर इंड इज इक्स टू नेक्स्ट तो no, so, हमारे पास एक कंडीशन है अगर बी या एच दोनों में से कोई नेगेटिव है तो हमें प्रिंट करना है जावा डॉट लैंग डॉट एक्सेप्शन वो आगे वाला तो so, हम यहां पर यूज करेंगे इफ़ स्टेटमेंट का इफ हमारी कंडीशन है अगर b is less than or equal to ज़ीरो और दोनों में से एक h less than or equal to टू ज़ीरो तो हमें प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन प्रिंट करेंगे जावा dot लैंग डॉट exception exception height sorry breadth and height must must बी पॉजिटिव ओके अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है मतलब दोनों ब्रिड तो हाइट हमारे पॉजिटिव है तो हमें सिंपली उनका एरिया प्रिंट करना है पैरलग्राम का सो so, पैरलग्राम का एरिया होता है ब्रेड तीन हाइट अगर आपको मालूम नहीं है तो आप सर्च कर सकते हैं तो सिंपली हम एल्स स्ट्रीटमेंट का यूज़ करेंगे एल्स और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल सिंपली बी इन टू एच तो यहाँ पर हमारा चैलेंज खत्म होता है और पूरा कोड आपको ये रहा तो थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस मिलते हैं आपको अगले वीडियो में